भी कोई गिला नहीं नहीं दिल तेरे तेरे में इस कदर जीने मरने की साथ कई निभाई और कदर देखरा हो गया तेरे शहर आया और तुझसे मिला नहीं और कितना लिखू मैं तेरी याद में